पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने छिंदवाड़ा में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश को भी पढ़ा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निर्धारित समय अनुसार सुबह नौ बजे पुलिस ग्राउंड मैदान में ध्वजारोहण किया इस दौरान राष्ट्रगान एवं सलामी लेने के बाद परेड का निरीक्षण किया गृह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश को वाचन किया इस अवसर पर वहीं पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे गौरतलब है कि पहली बार मिश्रा ने नरो में ध्वजारोहण किया है आज का दिन डॉक्टर का दिनों ने भारतीय संविधान के लिए, के अपनी प्रकर प्रकर से से लिए है। आज का दिन संविधान के सभी सदस्यों के प्रति